श्वदायी गोदाई धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाशम दे में जी हाँ दर्शकों यदि इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं प्रतिदिन करते हैं और पूर्णिमा वाले दिन कमलगट्टे शहद से हवन कर लेते हैं तो निश्चित ही अखंड लक्ष्मी की अखंड वैभव की आपको प्राप्ति होगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है जी हाँ ये श्री सूक्त का जो है ये श्री सूक्त की एक ऋचा है और ऋग्वेद से ये उद्धृत है ऋग्वेद से ली गई है दर्शकों 24 जनवरी का राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों में क्या खुशियाँ लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज के दिन को आप लोग प्रभावी कैसे करें तो इस विषय पर भी हमारा फोकस रहेगा आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज का पंचांग बताया गया है जो लाल रंग के होते हैं दूसरा कासे की कटोरी में किसी भी प्रकार की चीज जो का सेवन नहीं करना चाहिए तीसरा दर्शकों ये होता है, किसी भी के है, करण है और योग योग पर सकते हैं तो बारह बजकर अठारह मिनट से लेकर बारह बजकर उनतालीस मिनट के बीच में आप लोग अपने कार्यो को कर सकते हैं जिसमें आपको मतलब अभी प्राप्त होगी अभिजीत मुहूर्त का समय है राहु काल पर आते हैं जी हां एक ऐसा काल एक ऐसा समय कार्यो को नहीं करना सुबह दस बजकर जो दिशा रहेगा यह पश्चिम दिशा की ओर दिशा रहेगा सौ का सेवन कर सकते हैं आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं दही का सेवन करके फिर आप यात्रा करिएगा और पहले पश्चिम दिशा की ओर ना जाकर पूर्व दिशा की ओर चार पक चलिएगा तब आपको पश्चिम दिशा की ओर चलना रहेगा चंद्रदेव चलायमानी हाँ राशि ही ही है, है तो का भी जो है ट्रांजिट हो रहा है तो शनि चंद्रमा का विस्तोष बनेगा सूर्यदेव कैप्रिकॉन मकर राशि में चलायमान है सूर्य शनि और चंद्रमा तीन प्लेनेट मिलकर मचाएंगे क्योंकि सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष रहेगा शनि चंद्रमा का दोष रहेगा, तो कई चीजें रहेंगी आज का दिन बहुत सावधानी भरा रहने वाला है जो उपाय बताएंगे आप लोग बस कर लीजिएगा बाकी और ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है तो राशि फल में जो भी हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जात को रोजगार नया कोई प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज ऐश्वर्य के साधन आप जुटाते हुए दिख रहे हैं संपत्ति के बड़े सौदे आज हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ा आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी में प्रमोशन आज आपको मिल सकता है आज आपका व्यवसाय ठीक चलेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे दूसरों के कार्य की जवाबदारी ना लें तो बेहतर रहेगा भाग्य का साथ मिलेगा मित्र व सगे संबंधियों से मेल मिलाप रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो श्री सत्तम का आप लोग पाठ करिए और भगवान भोलेनाथ पर दूध से अभिषेक करिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो वृषभ राशि के जात को रचनात्मक कार्यों की पूर्णता होगी आज आपको कार्यों से लाभ होंगे आज कहीं बाहर पार्टी या पिकनिक पर आप लोग जा सकते हैं आपकी यात्राएँ है, मनोरंजक रहेगी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में लाभ की वृद्धि होगी व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा मन में कुछ आज आपके नेगेटिव थाट्स चलेंगे परिवार वालों के साथ बात विवाद हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भ्रामरी प्राणायाम कीजिए जल का अधिक से अधिक सेवन करिए साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल मिला करके अभिषेक करिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि के जातको आज आपको चोट लग सकता है आज किसी से बात विवाद हो सकती है या आपके ऊपर कोई चोरी का आरोप भी लग सकता है आज आपके स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा पारिवारिक मतभेद आज आपके बढ़ सकते हैं दूसरों की भावनाओं का आज आपको ख्याल रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज दुष्टजन आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं अपेक्षाकृत कार्यों में विलम्ब होगा तनाव बढ़ेगा व्यवसाय ठीक चलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा चार कर्क राशि के जातकों बौद्धिक कार्य आज आपके सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपेक्षित कार्य समय पर पूर्ण होंगे यात्राएं मनोरंजक रहेगी सुख के साधनों पर आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज पार्टनर के साथ चले आ रहे आपके मतभेद खत्म होंगे आय में वृद्धि होगी दुष्टजन लेकिन आपको हानि पहुंचा सकते इसलिए सावधानी आवश्यक है लेन देन में सावधानी रखिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए एक ही होता है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो सिंह राशि के जातकों अपने क्रोध हुआ उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं कोई बुरी खबर परिवार से जुड़ी हुई मिल सकती है मेहनत आज अधिक करनी पड़ेगी स्वास्थ्य आज आपका प्रभावित रहेगा घर बाहर कुछ तनाव बढ़ेगा सामंजस्य बैठाएं सितारे सलाह दे रहे हैं चिंता तथा तनाव रहेगा व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा दूसरों से अपेक्षा न करें तो बेहतर रहेगा और जोखिम के कार्य बिल्कुल भी ना लें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग गाय को रोटी में घी लगा करके और उस पर कुछ मिश्री रख करके खिलाइए साथ ही साथ आज आप लोग कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए निश्चित रूप से अत्यधिक धन लाभ होगा ये बिल्कुल हमारी गारंटी है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा येलो और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जात आज आपके जो बिगड़े काम है ये बनने लगेंगे आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे घर बाहर आज आपकी जो है बहुत ज़्यादा धाक रहेगी धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होते हुए दिखाई पड़ेंगे बेचैनी रहेगी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं घर में जो है अपनी आपकी पत्नी का आपको सहयोग या किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे यात्राएं मनोरंजक होंगी किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात संभव है आज कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है देवी भागवत पुराण के दुर्गा सप्ती के सप्तम अध्याय का पाठ करिए और या देवी सर्व लक्ष्मी रूपेण सय नमस्त नमस्त सय नमो नमः इस मंत्र को 108 बार जाप करिए धन लाभ बहुत अच्छा होगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कन्या राशि के जातक को शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक रहेगा पांच तुला राशि लिब्रा तो जल्दबाजी करने से आज आपको बचना है और दूसरों के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना अन्यथा आज आपका कोई विवाद हो जाएगा मारपीट तक हो सकती है राजकीय बाधा से आज सामना करना पड़ सकता है कोई वैवाहिक प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है यात्राएं मनोरंजक रहेगी अतिथियों का आगमन होगा शुभ समाचारों से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आपका व्यवसाय और व्यापार आज ठीक चलेगा संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हो दिख रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन किसी सुहागिन महिला को मेहंदी का दान कर सकते हैं चूड़ी का दान दे सकते हैं बिंदी का दान दे सकते हैं कोई भी सुहाग की आप दान करिए और ओम द्राम, द्राम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो, शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो तो वृश्चिक राशि के जात को आज भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे आज आपकी यात्राएं लंबी दूरी की होंगी और ये यात्राओं से आज आपको धन लाभ होगा आज आपको किसी महंगे भेंट व उपहार की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी पारिवारिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करना आज आपको पड़ सकता है भ्रम की स्थिति कुछ उत्पन्न हो सकती है यात्राओं का योग है बुद्धि के प्रयोग से आज, आज आपको कोई सोल्यूशन हल प्राप्त होगा आय में वृद्धि होगी दूसरों पर अतिविश्वास ना करें अति सर्वत्व वर्ग है किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अतिविश्वास ना करें उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा पिंक शुभ अंक रहेगा एक धनुराशि के जात को अप्रत्याशित खर्चे आज आपके सामने आएंगे दूसरों पर भरोसा न करें जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं दुष्टजन आज आपको हानि पहुंचा सकते हैं मित्रों से कुछ मतभेद हो सकता है बात विवाद मत करिएगा आज आपका व्यवसाय ठीक रहेगा कोई पुराना रोग उभर सकता है कार्य स्थल पर परेशानी संभव है उपाय क्या है तो आज आप लोग ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए साथ ही साथ ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा अचपीला शुभ अंक रहेगा ये रहेगा दो कैप्री कौन मकर राशि तो मकर राशि के जात कोई रकम यदि पूर्व में डूब गई है तो आज प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है यात्राएं मनोरंजक रहेगी नए काम की योजना सहयोग करेगा बड़ी समस्याएं कोई दूर होगी व्यवसाय ठीक चलेगा भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा घर में कोई प्रॉपर्टी का आज आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को गाय को Uh, मीठा चावल खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा चार कुंभ राशि के जातकों आर्थिक नीति में परिवर्तन संभव है कार्यस्थल पर सुधार होगा माथतों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नए कार्य प्रारंभ करने का मन बनेगा घर परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है पारिवारिक समृद्धि के साधनों पर आज आप कुछ बड़ा खर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज दुर्गा सप्त के अष्टम अध्याय का पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ हमारी जो अंतिम राशि आती है आती है मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज प्रातः काल से ही देखिए यात्राओं का योग बन रहा है घर परिवार में कोई बहुत बड़ी समस्या आज आपके खड़ी हो सकती है तीर्थ यात्राओं की योजना आज आपके कार्य रूप लेगी साथ ही साथ आज आप लोग व्यवसाय और व्यापार आपका ठीक चलेगा आप की जो जागृति रहेगी तंत्र के प्रति रहेगी वरिष्ठ जन आज, आज आपको सहयोग करेंगे उच्च अधिकारियों का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज करना क्या रहेगा तो विकलांगों को साहब आज आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा साथ ही साथ ओम महालक्ष्मे चाह विदमह विष्णु पत्नी चाहीम ही तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए लक्ष्मी गायत्री मंत्र के नाम से इसमें ये मंत्र जाना जाता है आप लोग गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो दर्शकों ये तो था हमारा लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दर्शकों इजाजत लेते हैं आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार जय श्री राम